देखें, ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो तो सेंटर ऑफ पावर है वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन लेने देंगे और तुमने क्यों लिया क्यों अमरीका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता है? हिंदुस्तान आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं आज उनकी एक्सपोर्ट कहीं की कहीं पहुंच गई चार करोड़ चार करोड़ ये इंसान है ये पाकिस्तानी है भाई साहब उनको अभी तक राशन नहीं मिल पाया है गेंदुम की कीमत बढ़ती चली जा रही है आटा नायाब होता चला जा रहा है कीमतें कहीं रुक नहीं रही और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई इधर देखते हैं तो कर्जा इधर देखते हैं तो कर्जा उधर देखते हैं कर्जा पीछे देखते हैं कर्जा बिजली की कीमत बढ़ती चली जा रही है डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत कहीं कंट्रोल ही हो जाए आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए तारण साहब ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते -16 जो है वो 3.5 पॉइंट जनरेशन है आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 पॉइंट जनरेशन है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एफ सिक्सटीन फाइटर जेट की फ्लीट के लिए दी गई वित्तीय सहायता पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है वेनेस्टे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड एस्टन से फोन आरोप बातचीत में भारत के एतराज को साझा किया फोन आरोप अमेरिकी रक्षा सचिव ऐसी हुई बातचीत के बारे में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने अमेरिका के उस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें पाकिस्तान के फ्लीट के लिए सस्टेन्स पैकेज देने का निर्णय लिया गया है पाकिस्तान ने 80 के दशक में अमेरिका से ये एफ सिक्सटीन जेट खरीदे थे जो कि अब बहुत ही पुराने पड़ चुके हैं उनके मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए अमेरिका ने ये सहायता पाकिस्तान को दी है साथ ही पाकिस्तान मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि हमारे पास जो एफ सिक्स जहाज हैं, के जबकि के भारत के पास 5.5 राफेल मौजूद है देखिए पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है, और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन लेने देंगे और तुमने क्यों लिया क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई और कहा था शेख हसीना को उन्नीस सौ की वो जो ताकते हैं हमें उनके खिलाफ लड़ना है तो साहब ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते नहीं है कि ये भी जारी नहीं अब कर सकते। आज शबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब मैं फोन करता हूँ अपने अरब ममालिक दोस्त मालिक मुल्कों में तो वो उनको डर होता है ये पैसे ना मांग लें हमसे तो तारड़ साहब क्या ये इस इकोनॉमिक कंडीशन ने लीडरशिप का मोरल डाउन कर दिया मतलब बात भी नहीं कर सकते इंडिया अरबों डॉलर के ले रहे पाकिस्तान का आपका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है कि इस वक्त अमेरिका के अंतर इसके बारे में क्या है? एक तो ये है कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती पाकिस्तानी लीडरशिप अपने जलसों से और अमल बिन से कुछ उनकी जान छूटे तोशाखाना से आगे बढ़े और गोगी से अपना आगे चलें तो फिर ये चीजें आती हैं ना फॉरन पॉलिसी तो उनके रेडार पर ही नहीं है बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब लेकिन वो हर शहर के अंदर कंसर्ट कर रहे हैं ये तो एक एफ सिक्सटीन या फॉरन पॉलिसी तो इस देर पे अब उस पे ग्रेड मैं उसमें बताना चाहूंगा कि इस वक्त बेस्ट क्या सोच रहा है सबसे पहले तो जो मैं ये जो अमेरिका ने के हवाले से जो चीज दी है उस पर जो भारत के तहफात थे मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए और बिलखसूस एक टाइम आपने जेन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहे हैं लेकिन आ, अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैसमराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेश की नोटिस की दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता दूसरा उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस जो बताना चाहूंगा कि आजकल डानल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ ये वही डानल्ड लू है जिसको खास ने एक मुतनाजा शख्सियत बना दिया अब उसमें तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो वो एफ सिक्सटीन का जो दे रहे हैं चीजें उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे लेकिन वो विल मेक श्योर कि वहां खिते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो जो भारत के खिलाफें अब पर ये बताना चाहता हूं कि मैं मैंने बल्कि ना सिर्फ एफ सिक्सटीन के बारे में देखा है अमेरिका के यहाँ जो हमारा मीडिया है वो जाहिर है क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत की लाभी बहुत स्ट्रांग है और मीडिया बार बार उस भारत की लाभी को क्लैरिफिकेशन देता नजर आ रहा है तो उन्होंने कई कई चीजें क्लैरिफाई करके उन्होंने मीडिया ने लिखी है कि एफ जो है वो तो आपके लिए खतरा है ही नहीं आप क्यों इतना चीख रहे हैं भाई जो है वो 3.5 पॉइंट जनरेशन है आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 है बल्कि आपकी जो फोर 2000 है और वो 30 वो भी का मुकाबला कर सकता है Why Why Why you you you are are are worried worried about about it? it? it? creating a, a huge issue out of और उसमें आ, ए, ए, मेरा इस वक्त अमेरिका के अंदर भी वाशिंगटन डीसी में ये चीजें डिस्कस की, की जा रही थी बड़ी डिटेल के साथ, के साथ बारे में और इस वक्त तो तो तो हालांकि वो इस पोजिशन में नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि अमेरिका ने इंटलेक्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिया है भारत को इस वक्त हर बड़ी कॉर्पोरेशन का जो सीओ है वो इंडियन है और इस वक्त आपके किसी आईवी लीग स्कूल में किसी रिसर्च आर तो तो जिन लोगों के बारे में वो आजकल नया लफज निकला है उनको उन्होंने कहा उनको कहो कि उनको क्या दे तो वो उन जो है वही सारे इंचार्ज हैं इस चीज के वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ देनी है किसे। लेकिन उसमें बिल्कुल नवाज शरीफ ने, शुबाज शरीफ साहब साहब ने ने भी बिल्कुल सही कहा है मेरी नजर में जिस हालत में आप पहुंचे हैं इसमें कोई एक दो साल नहीं लगे इसमें ज़ियाउल हक साहब ने आके चीजों को